अब यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ टोटल लिखना है और मुझे टोटल हर एक इस नेम वाले कॉलम के हर एक ब्लैंक सेल में टोटल लिखना है क्योंकि मेरा इस तरह से कंटिन्यूस है कि, कि यहाँ पे क्वांटिटी एमआरपी फिर यहाँ टोटल क्वांटिटी एमआरपी आर यहाँ टोटल तो अगर हम मैन्युअली यहाँ पे लिखते हैं और लिख के बोल्ड करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा हम चाहते हैं कि ये चीज एक शॉर्ट में हो जाए क्योंकि फिलहाल तो सत्तर अस्सी है लेकिन आगे इन फ्यूचर में डेटा काफी बढ़ सकता है तो यहां पे हमने क्या किया नीचे तक ड्रैग करके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया नीचे तक ड्रैग करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम फाइल एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में जाएंगे और इस गो टू स्पेश के अंदर हम यहां ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट प्रेस ओके जैसे ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके किया जितने ब्लैंक है ये आपका सिलेक्ट हो गया अब मैं यहां पे लिखूंगा टोटल टोटल लिखने के बाद यहां पे हमें नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करना है क्योंकि नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे सिर्फ बी फोर के अंदर ही टोटल टाइप होगा हमें यहां पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है जी हां कंट्रोल एंटर जैसे हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया जो भी ब्लैंक सेल थे सब पे टोटल टाइप हो गया तो इसका इसका क्या बताता हूं आपको कि एक एरिया में सेलेक्ट करके कुछ भी नंबर लिख के नॉर्मल एंटर मारते हैं तो नॉर्मल एंटर आपका ऊपर टाइप होकर नीचे चला आता है लेकिन इसी में अगर आपने कंट्रोल एंटर मारा तो जितना एरिया में आपका डेटा है उस पूरे में कॉपी पेस्ट हो जाता है तो सेम प्रोसीजर हमने यहां भी अपनाया हुआ है तो एक कॉपी पेस्ट हमारा हो गया अब मुझे क्या करना है अगले टॉपिक में कि इस ब्लैंक सेल को फॉर्मूले लगाने है